इसके लिए गिनीज बुक द्वारा दर्ज दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान को भी प्रदर्शित करना स्वाभाविक है यह हिमाचल प्रदेश के चैल में समुद्र तल से 2144 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नंबर टू भारत दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला राष्ट्र है अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है भारत की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत आबादी अंग्रेजी में बातचीत करते हैं अगले दशक में यह आंकड़ा चार गुना होने की उम्मीद है नंबर थ्री साइकिल द्वारा ले जाया गया भारत का पहला रॉकेट 1963 में इसरो ने त्रिवेंद्रम के बाहरी इलाके थुम्बा के एक चट से अपना पहला आधुनिक रॉकेट लॉन्च किया उक्त रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था लॉन्चिंग पैड को बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बी के नाम से जाना जाने लगा नंबर फोर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक यह भारत के बारे में एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला तथ्य है दूध और दूध उत्पादों से यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य है 2015 में 155.5 मिलियन टन से अधिक तक पहुंच गया भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है नंबर फाइव भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सभी विश्व कप जीते हैं। इंडिया वह जगह है जहां कबड्डी के खेल की शुरुआत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम सुनिश्चित करती है कि यह सभी पांच विश्व कप ट्रॉफिया घर ले आए महिला कबड्डी टीम भी सभी कबड्डी विश्व कप में अपराजित रही है नंबर सिक्स अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले कुंभ मेले की सभा की छवि कुंभ मेला उत्तरी भारत में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला एक आध्यात्मिक आयोजन है 2011 में यह धार्मिक सभा इतनी विशाल थी कि इसे एक सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता था इसने सत्तर मिलियन से अधिक लोगों को आकर्षित किया नंबर वन हिमालय पर्वतमाला में विश्व की दस में से नौ सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में है शक्तिशाली हिमालय दुनिया की दस में से नौ सबसे ऊंची चोटियों को समेटे हुए है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है जबकि संपूर्ण हिमालय भारत में ही नहीं गिरता है और कई सबसे ऊंची चोटिया वास्तव में नेपाल में है हिमालय का एक बड़ा हिस्सा भारत में है नंबर एट क्या आप जानते हैं कि भारत में तीन लाख से अधिक मस्जिदें हैं देश की 14.2 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय से होने के कारण भारत में दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें हैं कुछ प्रसिद्ध जामा मस्जिद नई दिल्ली मक्का मस्जिद हैदराबाद ताज उल मस्जिद भोपाल आदि हैं नंबर नाइन दुनिया में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ यात्रा करना सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि देश में लगभग एक दशमलव लग नौ मिलियन मील की सड़कें हैं जो इसे दुनिया में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है नंबर टेन हाल ही में बनाया जम्मू में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज एफिल टॉवर से लगभग पैंतीस मीटर लंबा जम्मू और कश्मीर में मेहराब के आकार का चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल है यह चिनाब नदी के ऊपर एक फीट की ऊंचाई पर स्थित है नंबर 11. इलेवन बा लिंक में पृथ्वी की परिधि के बराबर स्टील के तार हैं यह भारत के बारे में एक तथ्य है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं प्रत्येक केबल 900 टन वजन धारण करने में सक्षम है पूरे प्रतिष्ठान का वजन 50,000 हजार अफ्रीकी हाथियों के बराबर है ऐसे ही और अद्भुत आश्चर्यजनक तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे